घर की जिम्मेदारियों से भरी इन आंखों में थोड़ी सी शरारत होनी चाहिए ये खुदा लड़कों को टूटने के बाद रोने की इजाजत होनी चाहिए